प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है स्वतंत्रता है नहीं समझे समझाता यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा कुछ उदास हो जाए कुछ छल करके प्रेम पाना चाहें तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहे किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है। ना राज्य है ना धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे प्रेम प्रेम विधाथा की सबसे सुंदर कृति परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है अब इसी मूर्ति को देख लीजिए जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी परंतु इसके पश्चात उसे संभाला नहीं गया इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब अब ये मूर्ति असुंदर लगने लगी इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना हो तो देश की रक्षा परिवार और संबंधियों की सुरक्षा संतान को संस्कार जीवन साथी का आभार ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा राधे राधे